माँ लव मैरिज करने से घर नाराज होते हैं क्या तू जरूर किसी चुड़ाइल के चक्कर में होगा oh, no! और ये सब तुझे उसी टैन ने कहा होगा लड़कियाँ तो सिर्फ लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का दिखा नहीं कि शुरू हो गई। वे? बेटा इनसे बच के रहना ये बहुत मक्कार और कमीनी होती है और इनका तो खानदान भी बस मैं ऐसा कुछ नहीं है वो तो पिताजी बता रहे थे की आप दोनों की लव मैरिज हुई थी कुत्ते पहले नहीं बता सकता था ये सब इन बिचारियों के बारे में क्या क्या बुलवा दिया मेरे मुँह ऐसी